अरे भाई लड़की का आज का नया सिस्टम समझो छोरी रंग रूप पे नहीं मरती जिसकी जेब में गांधी छोरी उसके प्यार में आंदी ना तू पुत्र